आप लोगों को एक साइड सुनाता हूँ जो आशिक लोग है उसके लिए है एक हद खत खता न करना मेरे महबूब के कदमों में जाकर गिरना अगर वो पूछे हाल मेरा, पहले झुककर सलाम करना एक हद पढ़ने वाली तुझे है मेरी कसम जरा मुस्कुरा के पढ़ना बहुत बढ़िया वाह वाह वाह वा। वा।